कटनी में एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल मृतक युवक के, पर के निशान मिले हैं फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है मामला रंगनाथ थाना क्षेत्र का है अरविंद वंशकार रात से घर से लापता था पिता अपने पुत्र की तलाश कर रहे थे तलाश के दौरान उन्होंने अपने पुत्र के दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने सिर्फ इतना बताया कि वो किसी लड़की के घर जाने की बात कर रहा था उसके बाद वो कहा गया वो उन्हें नहीं पता सुबह मोहल्ले के लोगों ने अरविंद का शव गड्ढा टोला के, के पास खून से लथपथ अवस्था में देखा जिसकी सूचना लगते ही परिवार और पुलिस दोनों ही घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल पर पहुंचे आला अधिकारी अः विजय प्रताप सिंह ने बताया कि युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है जिससे उसकी मौत और होना फिलहाल दिखाई पड़ता है लेकिन पूरे मामले की पुष्ट जानकारी वो पीएम रिपोर्ट के बाद ही दे सके मेरे बच्चे की दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी लड़का मेरा मजदूरी जो भी है जब भी लगता रहा तो करता रहा और ये मेरे बच्चे की हत्या समझ में आ रही कि लड़कीबाजी के चक्कर में हुई है कल शाम को छः बजे करीब घर से निकला तो जब वापस नहीं आया और आठ जनों के बीच से अजीब बीमार करके लड़ाता है वो बताया कि तुम्हारा लड़का खैर की तरफ गया है, खैर की तरफ गया फिर वहाँ से दोबारा वो लौटा नहीं और हो सकता है कि जिनकी लड़की थी उन्हीं लोगों ने मिलकर मेरे लड़के को मार दिया तो अभी सुबह छः अच्छा बजे के लगभग पता चला मेरा भांजा बताया मुझे बल्का बोला कि मामा तुम्हारे लड़के के साथ में फूल लगा है मालिक तो के नारे भट्टे के पास पड़ा है तो हम लोग सुबह उठे दौड़ते आकर देखे तुम्हारे बच्चे की ला आज सुबह है अविन पिता विजय वंश वासी गढ़ टोलमठाई एक बार भट्ट मारना का सौ उसके घर के पास मिलने की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी रंगनाथ नगर द्वारा मौके पर पहुँच देखा गया सौ के पेट में धारदार हथियार से चोट पहुँचाना पाया गया है जिसको देख के प्रथम दस पार हत्या का प्रकरण होना पाया गया तो हमारी पुलिस जो है